कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के बिकनी वाले बयान पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कटाक्ष किया है मिश्रा ने कहा सिर को ढकने की बात हो रही है और प्रियंका गांधी अंत वस्तुओं की बात करने लगी कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी के बिकनी वाले बयान पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा की प्रियंका का बयान अशोभनीय और महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल है नरोत्तम मिश्रा ने कुछ महिलाओं द्वारा बिना हेलमेट के बुरका और हिजाब पहनकर दोपहिया वाहन चलाने और इसके दौरान फ्लाइंग किस करने के मामले में कहा कि संवेदनशील विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए कर्ज माफी के प्रश्न पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ के किसानों और नौजवानों के साथ किए गए झूठे वादों ने मध्यप्रदेश का नाम लेने लायक नहीं छोड़ा इसीलिए उनके नेता चुनाव में मध्यप्रदेश का जिक्र नहीं कर रहे हैं दरअसल बात हो रही थी सिर को ढकने वाले वस्त्र की और माननीय प्रियंका जी अंत वस्त्रों का बात करने लगी एक महिला के मुंह से इस तरह की बात सोभा नहीं देती प्रियंका जी आपका जो बयान है महिलाओं की गर्मा और शालीनता के एकदम प्रतिकूल है ऐसी मेरी मान्यता है जब भी कभी इस तरह के विषय आते हैं जो संवेदनशील होते हैं उस समय सोशल मीडिया पर इस तरह की कई चीजें वायरल होने लगती हैं। अब ये तो नहीं होता है वो आज का है, कल का है, है, कल परसों का है या कब लेकिन और समाज के सभी वर्गो और हितों का ध्यान रखना चाहिए अब कमलनाथ जी मानी ने प्रदेश को इस लायक भी नहीं छोड़ा कि कोई मध्य प्रदेश का उदाहरण दे दे और नाम ले लें वो सबको मालूम है कि जितना बड़ा धोखा मध्य प्रदेश में किसानों के साथ हुआ और उनके भाई से कमलनाथ जी ने बुलवाया राहुल गांधी जी से हमारी बात की पुष्टि हो गई हम भी कहते थे कि कर्जा माफ नहीं हुआ और उन्होंने भी मध्य प्रदेश का कर्जा माफी में नाम नहीं लिया दूसरे प्रदेशों के नाम लिए हालाकि मेरा मानना है की दूसरे प्रदेशों में भी नहीं हुआ यहाँ का नाम लिया है और ए...